walking for and walking on the beach khlong min beach from khlong la phang that station train station there in bangkok chala okay. mari ganna kuch pe jadu hai hai bus iske andar bhi uh, kya ha chhod हेलो दोस्तों मैं कैंपिंग ट्रैवलर एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका और यह है थाईलैंड सीरीज और इस वक्त हमें हुआिन में और यह है सीन वन हमारे आज के एपिसोड का यह है वो हॉस्टल जहां हम रुके थे तो लास्ट नाइट जिसका नाम है हुआिन बीच हॉस्टल इसके बारे में बहुत बार सारी जानकारी मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में देने वाला हूँ खूबसूरत सी जगह है शानदार एक्सपीरियंस है और ये वो रोड है जो आती है रेलवे स्टेशन की तरफ से जहाँ से हम कल रात पैदल चल के यहाँ तक पहुंचे थे और जिस तरफ मैं अभी जा रहा हूं ये रोड लेकर जाएगी आपको गुवााह बीच पर इस जगह से बीच सिर्फ 600 मीटर मीटर्स के डिस्टेंस पर है जितने भी यूरोपियन टूरिस्ट हैं उनमें गुवाहिन आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है वो यहां शांति की तलाश में आते हैं और आते हैं होटल वाटर पार्क और वोटर स्पोर्ट्स के लिए देखिए क्या शानदार बाइक है इस बाइक को देखते ही मेरा दिल कर पड़ा कि मैं बैठूं कि मारूँ और निकल जाऊं। ये है सीन टू अब हम एंटर कर रहे हैं हुआइन है बीच पर सिर्फ दस मिनट का वॉक है हुआइन बीच होस्टल जहां पर हम रुके थे वहां से यहां तक के लिए मैं हैरान हूं इस तरह के स्ट्रक्चर को देखकर जहां वुडन पिलर्स के ऊपर डबल स्टोरी बिल्डिंग बनाई गई है और इस तरह के प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं इस जगह को देख आपको वाकई हैरानी होगी इस रेत पर चलते हुए पहुंचेंगे तो आपको दिखेगा सबसे पहला और सबसे खूबसूरत नज़ारा हुआ बीच का नीच और ये बीच है एकदम शांत इस तरफ ये सेटिंग स्पेस ऊपर टेक्निकली और वॉकिंग यहाँ को वो wow, पीस, पीस और वो शांति और वो आइसोलेशन मिलेगी जिसकी तलाश में आप अक्सर दूर्ण रहते हैं रेस करना जैसे हम लोगों का मूड था पटिया में हम थे बैंकॉक में थे सा था सब बहुत गर्मी थी हमें तो लगा एक जगह रेस करना है तो उन अंकल ने ट्रीटमेंट किया था हमें बैंकॉक में कि डोंट गो टू पटिया गो टू हुआ हुए वहाँ पहुँच गए हुआ हुए To with Everything and where? <laughs> यहाँ के क्या देख रहे हैं मैं तो यहाँ बैठ के चीज मारने वाला हूँ तो की जगह देखे ना जहाँ सुखी सी जगह मिलेगी मैं लेट जाऊंगा अपने डॉग के साथ एंजॉय कर रहे हैं आज का मौसम अच्छा है हवा चल रही है, गर्मी वाला हालात नहीं है आज अच्छा। जब मैं कटिया बीच पर घूम रहा था तो बहुत गर्म था जिलेट है नो, नो मैं इंजॉय करता हूँ ये मौसम और आप इंजॉय करिए ये ड्रोन शॉट है कम है। किसी कंट्री में ऐसे एक्सपेक्ट करना तो बड़ा अजीब सा है कि कोई आपको खाने के लिए इनवाइट करे नॉर्मली ऐसा हमारे गांव में मैंने देखा है शायद हुआ इनको भी एक विलेज आप कंसीडर कर सकते हैं इस मामले में स्टेशन स्टेशन ट्रेन बैंकॉक ओके वेगन वेगन फूड उनका वाकई कमाल का था। था। एक्सपीरियंस हमने नहीं किया था. थोड़ा दूर चलते ही मैंने देखा इमेंस को कुछ कलेक्ट करते हुए और मैं इनके पास पहुंचा पूछने के लिए कि ये क्या कलेक्ट कर रहे हैं तो देखिए मुझे क्या जानकारी मिली। का कलेक्टिंग दिस for eating oh like this this tea puri band hai we eat this eat. yeah yes yes so what do you open name what was you call it दे, दे नाम।, दे नाम तो हॉलमैंकू नाम बता रहे हैं इसको इकट्ठा करते हैं इसको खोलते हैं खोलने के बाद जो निकलता है अंदर से शिव जैसा ही होता है हाँ बॉईल करो और खा जाओ तो ये ऐसे ऐसे जड़ पकड़ के चिपका हुआ था खींचने में ताकत लगानी पड़ी मुझे हाई लोग, फोटो फोटो खींचते हुए को रेस्क्यू करना वाकई एक डिजास्टर्स काम निकला पर हमने कोशिश की आप भी देखिए क्या हुआ कोई सारे दो बाइट <laughs> इसके अंदर भी आ, छोड़ी दे रहा वो नेट your thing i don't know no. <laughs> okay oh come today so says says no knife no knife sorry no knife sizu oh my god you mean yeah it's good to talk what the hey come on no yeah समुंदर किनारे हो और समंदर में नहाने का मजा ऐसा तो, तो हो नहीं सकता तो ये है सीन इसी बारे में। ना शानदार हल्का हल्का गर्म पानी हल्का हल्का ठंडा पानी और नीचे फिराए पत्थर अब जाके थोड़ा घुटनों तक आया हमारी किनारे से मैं काफी दूर आ चुका हूँ इस तरह तो थोड़ा जा अब जाके लम्हों को ही एंजॉय कर रहे हैं जैसे कि हमको प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आपकी सपोर्ट हमारे लिए बहुत जरूरी है ताकि हम इसी तरह से खूबसूरत और अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए बनाते रहें और ये नजारे आपके लिए लेकर आते रहे और मेरे कपड़े बीगने शुरू हो गए बस ओ क्या बात है <laughs> हमारी अधूरी कहानी बारिश शुरू बारिश शुरू हो गई है मुझे लगा था पहले बारिश के पानी में भीगूँगा पर मैं बारिश के पानी से पहले इस पानी में भीग रहा हूँ अच्छा है अच्छा है बहुत अच्छा है पानी का टेक्सचर बदलता जा रहा है कि तो के ऊपर पानी की स्मूथ नहीं है। बादलों की गड़गड़ी समंदर के खारे खारे दुण दुण पानी का मज़ा। अरे गरमी देखे आती हुई लहरों पे जाती हुई लड़की है छी छप छपा के छई अच्छा मैं ही बताता हूँ ये कुछ लम्हे ऐसे हैं जो जिनकी के लिए बहुत अच्छे हैं मुझे बहुत कुछ सीखने को और को मिला ऐसा ही लगता है मुझे अपनी तरफ खींच रहा हो और उससे मिलने के बाद अजीब तरह की शांति मुझे महसूस होती है वर्षों चला है कुछ खा पी लेने का और लीजिए खाना तैयार है नहाना घमा हो गया जरा खाने पीने का टाइम आ गया तो जी ये है मेरा लंच आज का जो मैंने 25 रुपए में पैक कराया था ढेर सारा सूप है और ये है स्टिकी नूडल स्टिकी राइस जैसी ही लगते हैं देखना है। शायद राइस मेड है और अब क्योंकि सूप बहुत सारा है तो इसको मुझे मुझे इसको खाना पड़ेगा मतलब पीना पहले और फिर मिक्स करके खाऊँगा शुरू करते हैं भी कड़वा हो गया है। यही तो मैं बोलना चाह रहा था। पकड़ लिया। मैंने तो पकड़ा ही नहीं मैंने तो कैमरे पकड़ा हुआ मेरे हाथ में देखो एक हाथ में कैमरा एक हाथ हवा में ये आ गया भर। मजा आ गया। तार दिस इज दाला टाइम आप एंजॉय करेंगे इमत नगमो को हमारे साथ बारिश आती है और नहीं भी आती है खुशी सी देके जाती है हल्की फुहार सी करके और फिर भाग जाएगी काश बरसे जोर से बरसे अब के बादल ऐसे बरसे उड़ जाए रंग मेरी चुनर के I live in a house, I live in a house, I live in a house. The door is locked. The window is closed. The door is locked. The window is closed. Mani mani thar kai, mani mani thar kai. Oh, mani mani thar kai, mani mani thar kai. Don't know where I'm going, where I'm going, where I'm going. Don't know where I'm going, where I'm going, where I'm going.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 जादू ही है पोनी में जमाना जो नो खूना पाना गाना वाना किसकी निगाहों से सी दिल में जागी धड़कने से पहला पहला पानी जैसे ऐसा छाया मुझ पे पर हाई ही है हो पोनी में जवाना जो नो खूना पाना किसकी निगाह हो लगा दी मुझे पता था मैंने तबी नहीं वार मैंने बोला भी था आपको मच्छरों में <laughs> चप्पल <laughs> so, मैंने तो मैंने वही तो हैं ये कोरल, ये जो मुझे लगी बोला था नीचे, ठीक है और ये, ये जंप नहीं करना कोरल वाली चट्टानों की भाई पंखा पड़ जाएगा तरह से हमारा होन में पहला दिन ख़त्म हुआ समंदर के किनारे उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा के तो लिए बहुत कुछ है हम आपको सैर कराएंगे अपने हॉस्टल के बारे में ताकि आप जब जाएँ तो इस हॉस्टल में रुकने का मजा लें यहाँ क्या है अच्छा और किस तरह का माहौल है साथ ही साथ हम आपको लेके चलेंगे कुछ खूबसूरत जगह पर अपने साथ जहाँ आप अपनी गोइंग विजिट के दौरान आकर के रह सकते हैं और घूम सकते हैं और आपको ले चलेंगे नाइट मार्केट भी तो मिलते हैं अगले एपिसोड में अगर आपको एपिसोड पसंद आया हो तो उसे लाइक करिए सब्सक्राइब करिए अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और सपोर्ट करते रहिए कैंपिंग ट्रैवलर इंडिया को थैंक यू सो मच मिलते हैं अगले एपिसोड में